खुश न सिब है वो जिनको न मिली वहात में है यजदारी खुश न तुम कैसे गए मैं बात सफर की करता तेरी मंजिल बदल गई क्या हो गया है अचानक गव कैसे तू बह गई ते हैं छुप छुप कर समाने से तेरे बारे लिखते हैं